नतनु समझी मैं तेरे दिल लग दी सुखी तो जाने प्यार मेरा मैं मतनु इंद्र तेरा तू तो दिल गु जा नु सुझा तेरे बिना दिल दा जी तू की जाने प्यार मेरा इंतजार तेरा तू दिल